करना चाहती राइट मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बेहद तो फिर आग लगी बस्ती में बीबी आईन करू वाइन की जो इतनी बॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन वो करना चाहती मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बेहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती मैं बीबी